और तुम अचानक पाओगे की नब्बे प्रतिशत से ज्यादा तो व्यर्थ का है न बोलते तो कुछ हर्ज न था बोल बोलते ही हर्ज हुआ बड़े विचारक पेस्कल ने कहा है कि दुनिया की 90 प्रतिशत मुसीबतें कम हो जाए अगर लोग थोड़े चुप रहे झगड़े फसाद कम हो जाए उपद्रव कम हो जाए अदालते कम हो जाए अगर लोग थोड़े चुप रहे जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण बोले की फसे, फैलने से एक सिलसिला शुरू होता सारी बात मौन सीखने की है जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत एक में अकेले हो गए भरे, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते हिमालय के शिखर पर पहुंच गए जिसने मन की कला जान ली वो भीड़ में ही अकेले होने की कला जान लेता है वो अपने में डुबकी लगाने लगता है वहां प्रामाणिकता का राज्य है। वहां सत्य का सौंदर्य झूठ होने का कोई कारण नहीं है वहां बस तुम हो जीवता सात्र का बड़ा प्रसिद्ध वचन दूसरा नरक है अदर इज हेल अकेले में तो आदमी स्वर्ग में हो जाता है दूसरे की मौजूदगी तक्षण उपद्रव शुरू कर देती दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती तुम बेचैन हो जाते हो तुम केंद्र से डिग जाते हो भीतर सब हलन चलन शुरू हो जाते स्वाभाविक है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 जब दूसरों की मौजूदगी से तुम उब जाओ परेशान हो जाओ तो उचित कि आंख बंद कर लो और अपने में खो जाओ वहां से पाओगे ताजगी क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है वो दूसरे में नहीं वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर है। और तुम्हें अपने भीतर लाएगा अपने भीतर आओ वही परम राज्य है जीवन का वही स्रोत है अनंत वहीं से जन्म हुआ है वही मौत में डूब जाओगे वही से सूर्य उगा है वही अस्त होगा उसमें बार बार डूब के लो जब भी तुम डूब के लगा के लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजे हुए फिर जीवन की नई संपदा मिली फिर नई शक्ति का आविर्भाव हुआ थकान गई उदासी गई चिंता गई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 जब तुम इतने अपने में होते हो तो तब तुम सुबह पाते हो रात बड़ी आनंद से बीती सुबह तुम एक ताजगी पाते हो ओज पाते हो बल पाते हो जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते उस दिन तुम सुबह थके थके उठते हो चाहे तुम आठ दस घंटे बिस्तर पर पड़े रहे चाहे तुमने करवटें बहुत बदली लेकिन स्वप्न तुम्हें घेरे रहे तुम उथले उथले रहे भीड़ तुम्हें पकड़े ही रही, तुम अकेले ना हो पाए नींद में भी तुम मौन न हो पाए नींद में मौन हो जाने का अर सुखती है जैसे गहरी तुम्हें ताजा कर जाती उससे भी ताजा तुम्हें मौन करेगा क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो मौन में तुम गहरी नींद में होश न हो, हो पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की समाधि का अर्थ है सुसुप्ति धन होश होश भी हो और सुसुप्ति जैसी प्रगाढ़ हो जहां तरंग भी नहीं उठती डूबो मन में तुम अनिर्वचनीय रस वहां से पाओगे यद्य जैसे जैसे तुम मोन में, में ठहरने लगोगे वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो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 जिससे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा अब वो इसकी चिंता नहीं करता कि लोगों से सच्चा मानते हैं या नहीं मानते अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं डूबो मौन में दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी से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 धों को मिल सकता है अंधेरे में भटकने को मिल सकता है आप चुप न हो आप बोले किसी तरह बमुश्किल राजी किया कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व तो भी प्रार्थना करता है कि बोलो वृक्ष और पत्थर पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो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 तो किरणें बरसेंगी ही चारों तरफ कोई ब्रह्मा की जरूरत नहीं कि दिए से प्रार्थना करें कहानी तो प्रतीक है मधुर प्रतीक है पहले मौन फिर वाणी में सत्य का अवतरण सु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 लेकिन सूने के बिना सिंहासन नहीं ध्यान में जो मरता है वही परमात्मा में जगता है संसार से तो तुम मृतवत हो जाते हो और परमात्मा तुम में तुम जीवंत हो जाते हो मरने की तैयारी रखना क्योंकि वही साधना है और मरकर ही मिलता है महाजीवों सुबह घड़ी घबड़ाना मत।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 ज्यादा से ज्यादा जो रहना उचित है पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी